national place place six से हम खड़े हैं हाँ फोटो को जैसा ये डेमो टाइटल दिखाई थी ना तो फाइटो लगानी तो है सामने वाला तुमको लगाने नहीं देगा जैसे ये है मैंने ऐसे है पगड़ी पैसा नहीं वो पकड़ने नहीं करेंगे छुड़वाएंगे करेंगे ऐसे कैसे मतलब नहीं करने देंगे तुमको तुम लोग करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे बुरे करेंगे लेकिन नहीं करेंगे पैरों के डंडे से एक लोग किस तरह से जा रहा पैर ये देखो सीटिंग सीटिंग सोनी आगे दी ठीक है इसमें चलो मारें मारें मारो ए मार अच्छा, ठीक फाइव टी मार्ग कोई कर रहा है तो नहीं कर देगा वो जो करेगा वो नहीं ये कर देना आराम थोड़ा अच्छे इन नो, इन तो तो से गाइड कर देंगे आ गए सामने आओ दोनों आओ सामने आमने सामने इधर से तुम ये वाला तुम्हारा वो तुम्हारा दीवार पे खड़े हो अब ये सारे हाथ खींच केpostgresql से नीचे आए और इधर आके तुम ऐसे पड़ा रहे मैं कैसे हो? काम कर रहे के में। पे? ऐसे आने एक मिनट उल्टा सर आना हाँ बुलाइए आराम से <laughs> दर्शन ना इस्तेमाल मत करना ऐसा हो गया था पहले पीछे रीजन से जाने पाए हां हमने नहीं है इन लोगों की नाच की डेमो देते तो आओ पांच जैसा आप बताइए डेमो को डेमो को एक दो स्टेप करके देखो बैठो थोड़ी ले लो चलो जाओ आगे बात करेंगे आगे आ जाओ चलो आगे बेटा आ गया डिस्टेंस प्रॉपर साइड में जाओ से बोलो ये देखिए और इस एसेंस में चला गया चलिए और ये तो मान रखो वो बोलता हूं अच्छा उन्होंने लगता है उन्होंने दे रहे 3 mm -hmm.